नमस्कार और आप देखें पल पल हरियाणा के सीएम एम मनोहर लाल खट्टर के विवादित बयान पर जे जे पी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने हैरानी जताई है। कहा सीएम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं लठ उठाना किसी के सिर पर फोड़ना जैसी भाषा का इस्तेमाल गलत है सीएम ने पार्टी के युवा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहा कि उठा लो लठ किसानों को तुम भी जवाब दो देखी जाएगी यानी देख लेंगे जे ने जताई है सीएम के बयान पर हैरानी चंडीगढ़ में बीते दिन सीएम पार्टी में की युवा किसान मोर्चा की इकाई कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित कर रहे थे इसी दौरान ये बात कही सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि नए नए किसान संगठनों को प्रोत्साहन देना होगा और खासकर उत्तर पश्चिमी हरियाणा में, में समस्या ज़्यादा गंभीर है और इसलिए इन इलाकों में प्रत्येक गाँव में पाँच सौ और हज़ार युवाओं को वॉलेंटियर बनाओ और फिर जैसे को तेसा की भाषा में जवाब दो जमानत की परवाह मत करो हम देख लेंगे आप लोग जब दो चार महीने अंदर जेल में रहकर आओगे तो इनकी मीटिंग सीखते हैं यानी जेल में मीटिंग करके इनसे ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करके और बड़े लीडर बन जाओगे जे जे पी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने सी के इस बयान पर हैरानी जताई उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने बयान सुना और पढ़ा नहीं है लेकिन लठ उठाना किसी के सिर पर फोड़ना जैसी भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं अभी आज हर तो गाँव में लठ मड़े जो दूसरे किसानों के सर फोड़ते देखो मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पड़ा न सुना कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी पता नहीं अब मुख्यमंत्री जी ने कैसे ही ये बात कही अभी आज सीएम साहब का एक बयान आया जी किसानों को लेकर कि तो कुछ किसान करो हर गांव में लठवे जो दूसरे किसानों के सर फोड़ते क्या दे, क्या दे, क्या देखो मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी पता नहीं या मुख्यमंत्री जी ने कैसे ही ये बात कही अभी आज सीएम साहब का एक बयान आया हर गांव में लठवे जो दूसरे किसानों के सर फोड़ते क्या, क्या देखो मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी पता नहीं या मुख्यमंत्री जी ने कैसे ही ये बात कही अभी आज सीएम एक बयान आया जी कि को लेकर तो कुछ किसान हर गांव में जो दूसरे किसानों के सर फोड़ते क्या दे, क्या दे, क्या देखो मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पड़ा ना सुना कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी पता नहीं या मुख्यमंत्री जी ने कैसे ही ये बात कही कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा उनको आगे चलाना पड़ेगा और अगर हर जिले में खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के पांच सौ हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो उनको वॉलेंटियर बनाओ और फिर जगह जगह साठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है इसका साठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है कौन बताएगा तो अंग्रेजी में बता दिया ना हिंदी में बता जैसे को ऐसा जैसे को तालो ठंडे हैं ठीक है नहीं वो भी देख लेंगे और दूसरी बात यह जब के था डे तो जमात की परवाह मत करो महीना छह महीने दो महीने रहोगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंग में नहीं होगी अगर दो चार महीने वहां रह होगा तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे नहीं नहीं दो चार महीने में अपने आप ही बड़े नेता बन जाओगे जनता मत करो ये इतिहास में नाम लिखा जाता है